हेलो गाइज फिर एक बार मैं राहुल कुमार आपके आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ जू ए आई जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एडमिट कार्ड प्रॉब्लम के लिए अगर आपका एडमिट कार्ड प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सो सबसे पहले गूगल क्रोम पे साइट पे चेक करिए और उसके बाद मैं पहले से खोल रखा है सॉरी इसमें ए ए आई जूनियर एग्जूटिव ए एडमिट कार्ड है इस पर आप क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से शो करेगा यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड इस पे आप क्लिक कीजिए अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना मेरा यहाँ पर ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है तो आप अपना यूजर आई और यहाँ पर पासवर्ड डालना और अगर पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी है दोनों तरीके से आप कर सकते हो तो इस तरीके से हम इसको लॉगिन करेंगे ये कुछ इस तरीके से पोर्टल खुलता है इसको क्लोज करेंगे यहाँ मेरा शो एडमिट कार्ड दिखा रहा है अगर एडमिट कार्ड शो नहीं दिखा रहा है आपको और खाली हेल्प डेस्क दिखा रहा है तो आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी इस पोर्सन को यहाँ से लेट कीजिए और यहाँ पर अपने मेल में जाके चेक कीजिए और मेल में एक आपको जो आपकी मेल आई होगी उस मेल आई डी आपके लिए एक शो ऑप करेगा एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ पर दिया गया होगा और वो एडमिट कार्ड का लिंक सो ये आ गया देखिए इस तरीके से एडमिट कार्ड का ये लिंक होगा आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी कुछ भी नहीं होगा ये मेरा एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया और मैं ये इस तरीके से वीडियो ये हमारे इस तरीके से एडमिट कार्ड आपको ये दिखा देगा शो कर देगा धन्यवाद